मेरे क्वेश्चन का जवाब दो हाँ पूछो तुम्हारे एक तरफ पैसे पड़े हैं और एक तरफ अकल पड़ी है हाँ। तो तुम क्या लोगी मैं पैसा लूंगी मैं होता ना तो मैं अकल लेता हाँ जिसके पास जिस चीज की कमी होगी वही तो लेगा ना अगर दीदी तुम्हारे पास दिमाग होता तो ये शब्द बोलती ही नहीं हाँ बोलो लड़की क्या डलवाने आरोप अपने आप को औरत महसूस करती है जी मेरा तुम मिल गया जवाब तो भाई लोग ये वही बच्चे हैं जो पड़ोस वाली आंटी के घर में लैटर दोबारा दूसरा दिन फिर तीसरा दिन लेटरिन करते तो तो कुछ अच्छा मांग लिया हमेशा गंदी चीज मांगते हो इनके माँ बाप भी आज ही सोच रहे होंगे फटा होता तो ऐसे बच्चे पैदा ही तो मुझे इंटरनेशनल बेजती करवानी ही नहीं पड़ती बट क्या करे वो भी बदनसीब है के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए, तो मारो यार। मुझे नहीं पता मुझे दो मिलियन लाइक कैसे कैसे चाहिए इतना मैं कभी नहीं मुझे इतना पूरी जिंदगी में चाहिए तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूल फेंक के मारो या फिर मोबती मुझे नहीं पता बस लिखो जाना चाहिए मुझे पैसों के पीछे भागना है बाई